अच्छा इसमें एक ही जड़ है और ये एक पूरा पीस है इतना बड़ा जिस तरह का परिवार के साथ हमें हम साढ़े पाँच बजे और इस वक्त आए हैं सनराइज देखने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको बताया गया है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं पचास रुपये की टिकट है एक ऊपर जाने के लिए ये है एंट्रेंस हमने की और ये निकल पड़े हैं ठीक है चलते ऊपर टॉप पर जाने के लिए ये एक मंदिर है ये बना है एक पॉन्ट के किनारों पे ये वो गेट है जहाँ से हम एंटर करते हैं वो, वो जो लाइट हमने वहाँ दिख रही है वो सनराइज उस तरफ से होता है सीढ़ियाँ जहाँ ख़त्म होती हैं एक वॉच इस तरह से कनेक्ट किया गया देखिए क्या नज़ारा है यहाँ से आप सब तो जो हाइट से व्यू आता है वैसे ही व्यू यहाँ दिखने वाला है जी सेकंड रूफ पर नेपाल गवर्नमेंट ने अच्छा यूज़ किया है सिस्टम mm -hmm. इस तरह के वॉस्टा बनाए ताकि कि आप जाएँ और mm -hmm. पूरा व्यू एंजॉय कर पाएं। मैं आपको वो जो बिल्डिंग दिख रही है उस बिल्डिंग के तो नीचे रोड है उस रोड पर बिल्कुल रोड साइड हमारा रूम है जो हमने लिया ये आपको जो रेंज दिख रहा है यहाँ पर यह अन्पूर्णा रेंजर पहली इस रेंज को मैं देख पा रहा हूँ तो में हमेशा पहली बार है ऐसा होता है कि आप सोचकर आते हैं और चीज़ें ऐसी नहीं हो पाती बादल छिड़ी हैं बारिश का मौसम लग रहा है फिर से तो ऐसा लगता है कि भी सनराइज़ हमने जो देखा वो टेन परसेंट था सूरज महाराज अब पीछे से निकले पहाड़ के और बादलों में जाके घुस गए एक घर से निकले दूसरे घर में जाके घुस गए बीच <laughs> में आपको एक झलक मिली और वो भी क्लियर नहीं लेकिन जो व्यू था अन्नपूर्णा का वो अच्छा था लेकिन अगर सनलाइट में हम उसको देख सकते हैं तो वो और ब्राइट दिखता था वहाँ पर भी बादल छाए थे सफ़ेद बादलों ने पूरा ढक रखा है तो ये जो प्लान था टावर पे आके पूरा स्पेक्टिक व्यू को इन्जॉय करने का वो तो मुश्किल सा हो गया आज का पूरा दिन है हमारे पास काठमांडू के लिए हम आज रात को ट्रेवल कर रहे हैं इसके दो फायदे होते हैं देखिए जब आप कभी भी घूमने निकल रहे हैं तो आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है फाइव और एट आवर्स का उसको आप हमेशा रात में करिए एक आपका ट्रैवल हो जाएगा नॉन प्रोडक्टिव टाइम में क्योंकि नेक्स्ट डे आप अगर आप सोते हुए जाते हैं या थोड़ा कंफर्टेबली चले जाते हैं तो आप अगले दिन साइट सीइंग कर सकते हैं तो वो टाइम यूटिलाइज कर रहे और दूसरा आपका होटल के स्टे का खर्चा बड़ा कम हो जाता है ट्रैवल की कॉस्ट में ही आपने नाइट का स्टे बचा लिया हेलो चॉकलेट चॉकलेट? ओके ओके ओके ओके ओके माई रुपीज ओके आओ चलो ना मिलते हैं अभी सबको मिलेगा कम, कम, कम, ओके, थैंक यू। योर योर चॉकलेट रेडी Yes, yes. Let's go. Let's go. go. Chalo. Thank you. Oh, shoes main? main Main okay. Nee udhar usko usko idhar hu. उसको, उसको मैं ah. it's okay. Wo वो बैठेगी ना क्या? में देखे। देखे। हम लोग अभी एक टिपिकल नेपाली सैर करने के लिए निकले हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर यह किचन एरिया है एक बेड लगा है नॉर्मल जो फैमिली है नेपाल में ये लोग इसी तरह से यहाँ रहते हैं और ऊपर जो स्पेस है उसको काफ़ी धुआँ है यूज़ किया जा रहा है मोर ओवर एक स्टोरेज की पर्पज की तरह बाहर से तो भी बार आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर से खेत है यहाँ पर विलेज साइट है ये रुड इकट्ठी की जाती है ताकि यूज किया जा सके और ये घर का भी है इस तरह से ये रास्ता है जो तो काम पे क्रॉस करके निकलता है वेरी गुड। गुड? थैंक यू। मुझे बहुत सुंदर लगता है ना कलर अलग अलग जाते है ना मुझे बहुत सुंदर और ऊपर ऐसी देखो ना और सभी बैठ के देख देखो बहुत से व्यू अच्छा है मट्टी हो गया मेरा फोर फोर फोर फोर हो हो गया फोर? फोर क्या? तो हो गया तो? क्या क्या तो, तो फोर हो गया तो अच्छा है ना अच्छा है मट्टी वाला घर अच्छा होता है मेरे बड़ी बड़ी बड़ी मम्मी, मम्मी, मेरा नाम ये नहीं, जो लाल फूल है राष्ट्रीय फूल है खाते भी है उसकी चटनी भी बनाते बनाओ खाओ तो तुम्हारा नाम क्या है समझाना क्या समझना समझना दुर्गाश फूल की ना। ना था? गुरास। गुरास। गुरास वाले फ्लावर की चटनी बनाई तुमने नहीं, नहीं, नून, नून, नून, नून नमक, नमक, तो अच्छा क्या बोलते हैं नहीं, को क्या दीदी, बहुत मैं अगली बार आऊंगा मिलेंगे फिर आपसे अच्छा जी थैंक यू थैंक यू नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फोर्टी रुपी टोटल चार्ज किया गया फूड का पर हेड हमने 250 कुछ रुपया पे किया है आप अगर हिमाचल में भी जाएँगे तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको आडोपे जीना आसान नहीं है आप समझ आ रहा है कि भाई खाना महंगा क्यों है जहाँ इतने एफर्ट लगते हो थोड़ा सा धान उगाने में वहाँ क्या हाल होगा बर्ड की साउंड सुनिए हो? पानी के बहते झरने की ये झरने पीछे वाला झरना सब जाकर मिलेंगे माधरे रिवर में तो ये तरह से सबसे है मादरे रिवर की ये जब आप नेचर के नज़दीक होते हैं तो बहुत कुछ देखने को और सुनने को और सीखने को मिलता है नई भी सीखें तो वो जो साउंड्स यहाँ होंगी वो जो फ्रेश एयर है वो जो पीस यहाँ है वो आपको ऑटोमेटिकली काम डाउन करना शुरू कर देती हैं आपकी सोल तक पहुँचती हैं ये चीज़ें आप अच्छा महसूस करते हैं आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है और फ्रेश एयर का तो कहना क्या ऐसा लगता है कि हम लोग अभी धामपुर विलेज की टेरिटरी से बाहर आ गए हैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सी यू अगेन और नेपाली में शायद इसको बोलेंगे फेरी बेटोला प्रोनासीशन एग्जैक्टली exactly क्या है याद नहीं जानता पर लिखा तो कुछ ऐसा ही है पर यह मतलब क्या हुआ ट्विंट विन ब्रैकॉन नहीं ब्रैकन वेल्स यू के ट्विंट विन यू के ये तो फॉरन कंट्रीज के नेम है तो क्या इसका मतलब ये है कि इसको उसी के तर्ज पर बसाया गया बहुत अच्छा है मतलब क्या आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे पर सीओेन फेरी बटोला ट्रॉफी चलेगी ट्रॉफी ट्रॉफी चलेगी मैं उधर से ट्रॉफी मेरे पास तो ट्रॉफी है ये कागज़ है बस और तुम तो बहुत सारे हो ट्रॉफी ख़त्म हो हाँ। फिनिश्ड नहीं है <laughs> खत्म फिनिश्ड <ला> <laughs> नहीं है और सारे अगली बार लेके आऊँगा मैं ठीक है सॉरी बाय तो आप किसी भी देश में घूमने जाइए नेचर जो नेचुरल ब्यूटी है वो काफ़ी हद तक एक जैसी होगी एल्टीट्यूड के हिसाब से चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी अदरवाइज़ तो सब जगह आपको अच्छा ही लगेगा जा कर के ठंड कहीं ज़्यादा गर्मी कहीं ज़्यादा हरियाली कहीं ज़्यादा और ये खूबसूरत से बच्चे भी कहीं ज़्यादा हेलो नमस्ते नमस्ते आप बांस लेके जा रहे हैं हुँ. क्या करेंगे इनका क्या करेंगे अच्छा हाँ किसके लिए बांस के लिए बांस के लिए, लिए? चलो मिलते हैं ओके हेलो नमस्ते हाय हाय हाँ मथ तीन ही नहीं हाँ ये लो ना मेरे पास कुछ, कुछ है ये लो एक-एक सबको देना ठीक है तीनों एक एक लेना <laughs> <तरें लाने। laughs> ये हुई ना बात चलो चलो आँख में नहीं मार देना बाय मुझे बाद में याद आया कि मेरी एक दूसरी पॉकेट में भी दो चार ट्रॉफ़ीज़ हैं तो मैंने उसमें से कुछ इनको दिए हैं उनको तो मैं एक ही दे पाया इतने सारे बच्चे और एक टॉफी उस पॉकेट में थी नहीं इस पॉकेट का मुझे याद ही नहीं रहा बट राइज लोग इस पुल को यूज़ करते हैं कि नहीं करते कहना तो वाकई मुश्किल है पर मैं तो कर रहा हूँ ये स्टील का बनाया हुआ ब्रिज है स्टील वायर स्टील नेट स्टील का बेस ऊपर अभी चल चल करके करके क्रॉस कर रहा रहा नीचे पानी बह है है लेकिन बहुत कम है। आप इस पे ऐसे चल जा रहे हो ब्यूटीफुल वे समाइम टेकिंग शॉर्टकट्स इज रियली वर्थ बट नॉट ऑलवेज पहुंच गए दूसरे किनारे पर फिल्मों में ऐसे ब्रिज दिखाई जाते हैं जो हमेशा ये ये इतनी मोटी तार है ये वो नट है जो खुल जाते हैं उसके <laughs> कहां ऐसा होता है? We are enjoying a beautiful now. Getting down from अभी नीचे फेड ही जाएंगे और नीचे अब हमें एक विलेज दिखना स्टार्ट हो गया तो कहीं ना कहीं हम नीचे निकल के उस रोड पे खुद को कनेक्ट करेंगे वहाँ से हमें बस मिलेगी आगे जाने के लिए वो जो ढाबे वाले अंकल थे नेपाली उन्होंने हमें बताया था कि खुरामुख वो जगह है जहाँ से आप जहाँ से ये ट्रैक आपको नीचे उतारेगा और वहीं से आपको बस मिलेगी तो हम खुरुख पहुँचे हैं कि जो सीढ़ी के भी आगे है पोखरा की तरफ तो हमने एक किलोमीटर ज़्यादा एक दो किलोमीटर ज़्यादा हम आ गए हैं से बस कितने बजे मिलेगी ये पोखरा के लिए तो साढ़े चार अभी है आनी है ना अभी आएगी अभी चार हम निकल चुके हैं